तो कहने का मतलब कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है और जिंदगी में कल्पना करिए और आप सभी कल्पना करिए कि परीक्षा आई है कैसा पेपर आया है सारे के सारे सवाल आ रहे हैं एक एक सवाल सही किया सीट में सारे गोले सही हो गए डेढ़ सौ बे डेढ़ सौ नंबर सही हो गए शिक्षा मंत्री जी का फोन आया आज दिन तक कोई डेढ़ सौ डेढ़ नहीं लाया तू ही लाया बेटा तेरे को कहा पोस्टिंग चाहिए घर के सामने दे दो बी तू तो मौज कर। तनख्वा भी तेरे को दूसरों से डबल मिलेगी वाह कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये है इमेजिनेशन और इन्हीं कल्पनाओं के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत